ऐसे बकवास लाइफ हैक्स एक्स देखिए आप भी हसी मारे हो जाओगे। लेकिन फनी लाइफ हैक्स को देखने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पाकिस्तान या अदर कंट्री से हो तो आपने देखा नाम कमेंट कर दीजिए लेकिन लाइक और सिर्फ इंडिया वालों को ही करना है अगर आपने लाइक सब्सक्राइ नहीं किया तो हम समझ लेंगे आप इंडिया नहीं कुछ आनी है आपके पैर में तो आपको दूसरी बार समझ कर नहीं चलना है आपको एक गुब्बारा लेना है और उसको अपने जूतों में फिट कर लेना है क्यूँकी आपके तो भगवान ने कदम छीन ले दी है अगर आपके कपड़े भी कुछ में रखते रखे कुछ कलर जाए तो आपको कपड़े अलमारी में नहीं रखने हैं आपको कुर्सी में ही एक बैग बना लेना है उसके अंदर सारे कपड़े रख देने हैं क्योंकि अलमारी को बैठने के लिए होती है